गजल ये कि शुक्रगुजार हूँ छोड़ दिया तुमने मुझे कि शुक्रगुजार हूँ छोड़ दिया तुमने मुझे अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है और तुम अब भी मेरे लिए खास हो और अब भी तुम मेरे लिए खास हो जमाना आज भी कितना पहले सा साफ है और अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है गले लगाना सिखाया है शेर सुनिए कि जमाना आज भी कितना पहले से पराया है और लिखता हूँ जब भी तेरा ख़यालों का उजाला कि लिखता हूँ जब भी तेरे ख़यालों का उजाला मुझ में मैं खुद नहीं होता बस होता तेरा साया है और अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को तूने गले लगाना सिखाया है गले लगाना सिखाया है और मैं समंदर में फिराने क्या लगा अपनी उंगलियां और मैं समंदर में फिराने लगा क्या अपनी उंगलियां लहरियां आसमानों तक जा पहुंची ये क्या मैंने किसी का आसियाँ जलाया है कि शुक्रगुजार गुज़ार हूँ छोड़ दिया तुमने मुझे अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है और सुनिए कि ये क्या मैंने किसी का आशियाँ जलाया है और दुख हुआ जाने का लेकिन खुश भी हूँ अभी दुख हुआ जाने का लेकिन खुश हूँ अभी भी अंधे अंदर के सवाल ने बहुत ऊधम मचाया है और शुक्रगुजार हूँ कि छोड़ दिया तुमने मुझे अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है मतलब यह कि जैसे तुमने छोड़ा उसी तरह हम भी छोड़ देंगे जहाँ को कि जैसे तुमने छोड़ा उसी तरह हम भी छोड़ देंगे जहाँ को खाली दिल में अभी लगता सब पराया पराया है शुक्र गुजार हूँ छोड़ दिया तुमने मुझे पराधूरी मोहब्बत करके दिल जिंदगी को गले लगाना सिखाया है गज़ल का आखिरी मतला ये है शनिरा कि हमने भी सोचा था जीत लेंगे ये दुनिया साथ में कि हमने भी सोचा था कि जीत लेंगे दुनिया साथ में सुशील कागज़ों पर तुमने कितना अफसोस जताया है और शुक्रगुज़ार हूँ कि छोड़ दिया तुमने मुझे अधूरी मोहब्बत करके ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है ज़िंदगी को गले लगाना सिखाया है लगाना सिखाया है